फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरी याद करोगे मुझे खोने के बाद कर तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरी याद करो रहा मेरे पास है साल मैंने जिस समय तुझको मांगा नहीं मेरे लब पे सी तुम ब खुदा दिल क्या करे दिल को अगर अच्छा छोटा सही को मगर सच्चा सचे को जीने भी दे दुनिया हमें सुना लगा एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता किसी को बेपना है जिले तुह तो बता क्योंक है तू ना जीने भी दे दुनिया हमें है जाना लगा अखबार तो करते हैं सब खोई हसीख